ओम मनज्व जितेन्द्रियं जितेन्द्रि बुद्धिमता वातात्मजानूथ्य मुख्यम श्रीराम दूत शरण प्रपद्ये दर्शको जय श्रीराम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 ये रहेगा आज ऑरेंज कलर शुभ अंक आपके लिए रहेगा पांच शुभ दिशा आपके लिए रहेगी यह रहेगी पूर्व दिशा दिशा दर्शकों कैसा लगा हमारा ये राशिफल कमेंट के माध्यम से बताइए हमारे इस राशिफल को लाइक कीजिए नए हैं तो सब्सक्राइब बगल में बना बेल आइकन जरूर दबाइए दीजिए इजाजत मिलते अपने नए वीडियो में तब तक के लिए जय माता दी